तो hmm. so, so, हम हम खेल रहे हैं so, यार आज एस्केप करने की ट्राई करेंगे और हम एस्केप करने की ट्राई और... हाँ. so, करेंगे so, चलो. आ... तो चलो थोड़ा सा बनाओ, गाइस बिल्कुल मैं रखेंगे हाई पे रखेंगे हम बिल्कुल स्मूथ फ्रेम स्लो पे करते हैं चलो स्टार्ट यार सो हमने पहले थोड़ा बहुत खेला हुआ भी सॉरी वापस आ गए दे चलो हेलो हम फिल्म देख रहे हैं और फिल्म ग्रैनी की और फिल्म अगर ग्रैनी में ग्रैनी एक और फिल्म होती तो पहले की दो बाट हम खेल चुके हैं बट वीडियो नहीं डाल यार मन में करता उन्हें डालने और देखने वगैरह का सोए डायरेक्टर सेकंड आप स्टोरी देखो ना भी आएगा तो पाजी चलो, चलो स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल में सीरियसली मैं हाँ मैं भाई इस लाइट लाइट छोटी रुका आलसी के लिए बड़ी लाइट नहीं खोल रहा वो ही घटिया साई पंखा बंद कर रहा है यार इतनी गर्मी लग रही है यार बट यार क्या क्या करना पड़ता है देख देख देख देख. आज हमें आ गई थोड़ी सी कैसे होता है ये उसके लिए तो ओह माय गॉड कुछ भी नहीं आ रही सीरियल अच्छा चलो वेपन की मिल गई है। अबे हट आरोप बाय बाय बुड़िया बुड़िया बड़ी परेशान कर खतरनाक गुड़िया उठी फटन कंपेन जा रहा यार मेरे। फटने पेड़ कंप्लेन चलो चलो पत्थर। और वेट। चलो आवाज नहीं। तो नहीं करी उसमें वही नहीं है अच्छी बात है चलो चलो अब मैं ले पत्थर ही बुढ़ा व फिर फिर अगर अंदर बुढ़िया अच्छा। सही है करो, माचिस, माचिस का तो करो बिल्कुल काम नहीं तो फिर भी भाई दादा यार बड़ा वो यार है वो वो वो है है लगा रखा उसने सही एडिटर माचिस मुझे डाल देगा अरे क्या पागल हो रखिये क्या तू है उसकी पागल ही है ये बड़ी अच्छी बात कही है बे बे हो रहा नहीं दे तो आपको भी खोलते देख लेते कुछ होगा तो सेफ तो क्या पागल है यार यारुडा और बिना चल चल बुढ़िया भाई तो इलेक्ट्रिक्स ट्रेन स्के बुढ़े जा सकते बुढ़ी आओगी चलो कोकोनट भी मिल जाएगा हम बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं चलो बुढ़िया को मार दे तो किधर रह रहे आ जा कनकट्टी सी तो बजा दी आ हमें टाइम मिल गया नीचे क्या फायदा देते अभी हम इन्हें चलो कब को मार देता तो है ना बुलेटिन क्या क्या है वैसे इसके पास इसके पास पोस्टर भी नहीं अब हमारे पास क्या अब हमारे पास पर तो था ही नहीं कुछ चलो घर भी हो गया ही होगा नीचे चलते हैं बुढ़ा है। तो ले, ले तो। पागल है, तो। है क्या यार तू है तभी आ है मुंह सो तो चलो सूच पे तो देख लेते क्या है Oh बड़ा होने वाली परली बोल so तो बोल तो बोल रहा मैं यार बोलना मत भाई बड़ी बड़ी नहीं <laughs> <laughs> <laughs> आ, ब्रिज क्या है, इसका हमें ब्रिज करना हमें। है हमें अपने कुछ हमारे पास चलो भी कर ही लेंगे इसको उठा जस्ट करेंगे। अब क्या पागल है पागल सी है यार छोटी बिल्कुल बच्ची है यार अरे इसके लिए तो बनिया टाइगर सॉफ्ट ने इतना झंडे डालो इसके लिए बोला सोचो तो कुछ चल के वहां पे मुझे ऐसा लगा है जैसा लगा वहाँ पे कोई था झाड़ी सच में क्या सचेंगे यार अगर भागेगा झाड़ी दो पर्सन अभी तो और क्या चाहिए है मुझे वैसे बस मुझे और चाहिए ना चलिए मुझे टिकट एक्सलरेटर और चाहिए अगर समय में कौन मिल जाए एक्सलरेटर और चाहिए मैं फिर हमारा यहाँ पवन एक्सकलरेटर और चाहिए और चलो को बता है, जा आ, हो इन में रहा हूँ नीचे वाला है हम नीचे बट हमारे पहले मार के आ जाते है ना फिर आ जाए नौ भाई भाई। नहीं बुढे है, नीचे नीचे नीचे नीचे। है, है तू बता देना दे किधर है तू सिका है तुम अबे किधर घूम लग रहा है को फिर से जगह वो तू बुढ़ा भी तो फिर से आए नहीं क्या लगता तो है लिया पहले से हो ले जाते हाथ पका वो भी पागल तो है टा के रखते काम हो गणी को तो देखो हमारा सवाल लगने वाला है ग्रैनी कोई टेंशन नहीं है बहुत मास्टर भी होगा नीचे कैसे कुछ काम तो है नहीं चलो अंदर और वो आए ना गुड्ढा में रो दूंगा वहाँ पे शेड की शेड बार का देख लेते तो क्या काम होगा एक तो पे हमारा शॉट को जगह उठा नहीं पाए भाई यार बड़ी तो शॉर्ट चली गई भाई तब तो बड़ी दिक्कत है यहाँ पे क्या है फायरबुल्ड तो ये सब तो दे रहे बेकार चीजें हमारे पास ऑलरेडी है उसका बुढ़ा ये पी होगा कि पागल बुढ़ा चलो चलो चलो अब हमें साइड में देख लेंगे अगर हमारे ऊपर एक्सलरेटर में मिला फिर हम स्केप कर लेंगे इजीली ईजीली तो बस बुलेट्स पड़ी बुलेट का घंटा कुछ काम भी है कॉइन को कर दो भाई एक ग्लिच हो है ना चलो यहाँ पर फैप को बहुत चलो ओह भाई गॉर भाई तो, तो, तो चलो हो गए पहुँच गए यहाँ पे सिर्फ महूस कर दोनों तो आई हो सब जनरेटर शेड में ही पक्का तो बस तो, तो, में कोई है वो तू तू आ गई पागल है क्या तू पागल है, तो है क्या बिल्कुल गेम से की ये तो सड़के वैसे बुढ़ा मैंने देखो डरते तो है ही से इलेक्ट्रिसिटी तो लिया बहरा है बजाते रहे भाई कोशिश कर ले तू बहरा है वो क्या था दो चलो हमारा इलेक्ट्रिक सिटी का काम होगा जो कि बहुत लंबा है यही पे यही पे, यह पे या बुढ़ा यार तू तो पागल वागल है पागल वागल है क्या बुढ़े पागल पागल है बुढ़ा मैं बोल रहा हूँ कल एक दूंगा। चले जाफर तो जितने भी बोलते हैं ना दफर गधा सारे तो तू अच्छा। के अंकल भाई है। भाई ऐसु में पहुंचाने का प्लान है उसका यारू भाई भाई में बने का प्लान है बस बुद्धि निकलने देखी देखो इसका भाई होता है सिर्फ तो देखता भी कभी बहुत ही मुझे पता है बोलो, ग्रेनिक बोलो। देखता है भी भी कभी बहुत अभी भी देखता है, है पता है अरे यार तू पागल है क्या सिलेंडरी ना भाई यार बिल्कुल पागल सी है पागल नहीं हुआ पागल जो ठहराने से बनाई है भाई स्पेशल स्पेशल ट्रीजर यू नो नीजर पिज़्जा पिज़्जा टैडी घंटा यार उसके लिए पहले हमें वो बुलाने पड़ेगी नीचे प्लैंक है प्लैंक बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पहले चलो प्लैंक का कर लेते काम फोटो तो बुलाने जो नीचे पड़ेगा ना उन्हें और आवाज़ नहीं करी उसने चलो ठीक है सही है बुढ़ी के पास उसकी शॉटगन नहीं है भाई सेफ फील कर रहे हैं बड़ा पास पास शॉटगन शॉटगन नहीं है ना, पास तो फिर तो सही है तो तो है है के है ना के के तो तो दद्दा वो काली काली बन जाता और क्या यार ये उनके लिए तो सिलेंडर ना ज्यादा हावी पड़ते बट और बोलना। काम करते हम ए चलो, नाइस। ऊपर जा रहे हो ऊपर। रही बुढे यही पे आ रखा भाई है भाई बिल्कुल मुँह पे चढ़ गया वो हैं? शॉर्ट कन उठानी पड़ेगी मुझे मुझे दे छोड़ोगे? शॉर्टन ही उठानी पड़ेगी हो जाओ अपने एन का बहुत हो हो गया लोडेड ये भी तो तो तो के लिए जाएगा एक दो दो एक के लिए तो तो ये ये भी हैं भाई भाई हेलो हेलो अबे ये अभी कोई साहब कानपुर में बाबा हां अरे थोड़ी थोड़ी थोड़ी रुक जा मैं तुझे छुपा दूंगा तू ते ते यार भाई तेरा अपना भाई बदल पास कर क्या कर बेज में आप कम है या फिर है मन का गुलो हो गया तू नीचे नहीं रुक क्यों मत टाटा मारूंगा टाटा यार मैं नू यार सब से एक पक्का दिन के दो के पांच कर के दिन समझ ना ओह माय गॉड यार उनका तो लाल मैं कर दूंगा उनका खा लिया उनका तू बढ़िया चलो चलने बाबा तो पाने क्या थोड़ा सा भाई भाई भाई भाई देख देख दादा यार तू भाई देख पे तो भाई क्यों क्यों गया अब क्या करप्टेड ले आ रही है, है भाई तो क्या बिल्कुल यार गधे से आई डफर है यार चलो दफर यार तुम लोग सच में not feeding you यार। चलो लिख तू पागल है बुढ़िया तू पागल है बुढ़िया बुढ़िया यार अगर आप मर भाई मैं भाई बिल्कुल भाई पागल के न चलो, चलो। हो चल अब बुढ़ा होगा मतलब बुढ़ा पागल कधा नहीं है कधा नहीं है कधा नहीं, नहीं, नहीं। प्लान तब तब से तब एपी पड़ा चले। भाई मुझे नहीं अच्छा अब दादी दादी आएगी आएगी भागी भागी भागी भागी भागी भागी बोल रहा मैं चलो कौन सा कौन सी किया है चलो चलो यू कैन एस्केप चलो नीचे चलो चलो। आ। काम कर चलो चलो से टिकट लूंगा तभी तो अंदर जा सकते हो ट्रेन के ऊपर कौए के पास है आज शर्ट ये मैं आ छोड़ चलो ऊपर जाओ भाई वो एक एक एक साथ साथ साथ पता पता है? कभी भी एक साथ ही नहीं रहते हो। रहेंगे ना तो पता पता भी लग है। इनको वो बांध दो रस्सी बांध दो कोई एक जाएगा दूसरा में जाएगा डर लगता है इतना लंबा कैफ कर दिया चलो टिकट उठा लो अरे ट्रेन भी अब हमारे पास गया है तू क्या मुझे ग्रहण है क्या तू बोलूंगा थोड़ी सी ग्रानी है क्या तू पागल के जगह अरे तो क्या सही ग्रैंड भाई ग्राफिक्स जो है ना तो जो तो थे थे ना चल आ जाओ तो अबे तू तू हट यार क्या चलो हो भाई ओ भाई साहब चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो ओ चलो आ गए आए रे बाबा क्या कर रहे हम ओ माय थे कर रहे हैं हम? हम बोले न थे हम ट्रेन के साहब भाई उससे दूसरी जाता था भाई गधा हुआ मेरे दिमाग चकरा उसका चक्र आगे पागल है चलो यार कर पागल आज से वाला हैश टैग नहीं चलेगा इस दुनिया में पागल दुनिया है ये दुनिया ये दुनिया भी ये फिट बुढ़िया नीचे आए ना तू नीचे है ना नीचे सेकंड फ्लोर बुढ़िया अबे तू क्या पागल है क्या क्या पागल है भाई बिल्कुल है। पागल है सिलेंडर ना आंटी जी बिल्कुल पागल चलो भोपू मास्टर भोपू तो नहीं बताएगा ना सही है एस कलरेटर की आखिरी दिन है बट हमारे यार चलो चलो चलो ये वाला गैस खोलो इतने सेंट वर्क बद्दा हो क्या हुआ कर तो भी ऊपर बद्दा हटा चेक करो नहीं नहीं पर अब तो वो को खोलना पड़ेगा जबले चलो वो एक खुला रखते हैं फिर ट्रेन के घुसेड़ दो एस कलरेटर से हम वापस ना चलो दियो बस यार डर लग रहा थो थो है कोई भी ना बस यार बुढ़िया थैंक यू फॉर योर प्लस बुढ़िया जीवी चलो जीत जी जी और तो कुछ ये होगा ना हमने पहले एपिसोड में कर डाला हम्म प्लीज कृपया कर करके चलो डोर को बंद करो अब सुनो सुनो तो अब गधे हो देखो तुम गधे गो जो है ना सारे तुम तो धे भी हो डफर भी हो गधे जो भी सारी चीजें बाय बाय बाय बाय पा टाटा ग्रैनी आपको अच्छा लगा तो यार अभीलेंडर बाबा को के के बाबा ओके ये भी बाय बाय लिए लाइक सब्सक्राइब चैनल तब सिलेंडर लगा रहा है